हर बेजोरे बिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंड डाली डाली फूलों की तुझको तुझे रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बदलोके उड़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड मेरे उत्तराखंड में मेरे उत्तराखंड